कर्क राशि के जातकों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल पे दर्शकों अक्टूबर माह आप लोगों का कैसा बीतेगा इस पर हम चर्चा करेंगे और आज हम आपको शुरुआत में ही दीपावली से जुड़ा हुआ एक प्रयोग बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि के जातक ही कर सकते हैं आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हुआ इंस्टाग्राम हुआ फेसबुक हुआ उस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों को अत्यंत Uh, सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 19 और 20 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं दिल्ली आगमन है तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे पर्सनली मिलकर के आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो कर्क राशि के जात को उपाय पर आगे बढ़ें उससे पहले पहले आप ये जान लीजिए कि इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं तो आप लोग जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दो अक्टूबर बुधवार दिन रहेगा और गांधी जयंती और शास्त्री जी की भी जयंती रहेगी छः अक्टूबर रविवार दिन रहेगा महाअष्टमी रहेगी सात अक्टूबर सोमवार का दिन रहेगा और महानवमी इसी दिन पारण भी होगा आठ अक्टूबर को दशहरा और दुर्गा जी माता का विसर्जन जो मूर्ति हम लोग बैठाते हैं दुर्गा जी की तो विसर्जन भी इसी दिन रहेगा आठ अक्टूबर को नौ अक्टूबर बुधवार पापा कुंशा नामक एकादशी का व्रत रहेगा ग्यारह अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा ये शुक्ल पक्ष का प्रदोष रहेगा तेरह अक्टूबर रविवार का दिन रहेगा शरद पूर्णिमा फुल मून का उपवास जितने भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं इसी दिन रहना है बाल्मीकि जयंती भी तेरह अक्टूबर को ही रहेगी सत्रह अक्टूबर गुरुवार रहेगी और करवा चौथ का व्रत रहेगा दर्शकों इसके साथ साथ इक्कीस अक्टूबर अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत रहेगा और जो भी दर्शकों हम उपाय बताएंगे उसको उसी दिन ही करिएगा जिस दिन हम आपको बताएंगे चौबीस अक्टूबर गुरुवार दिन रहेगा और रमा एकादशी रामक व्रत रहेगा 25 अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा धनतेरस रहेगा और प्रदोष व्रत रहेगा ये प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का रहेगा 26 अक्टूबर शनिवार दिन नरक चतुर्दशी सत्ताईस अक्टूबर रविवार दिन दीपावली जो है रहेगा और महालक्ष्मी पूजन जी हाँ दीपों का पर्व दीपावली सत्ताईस अक्टूबर को रहेगा अट्ठाईस अक्टूबर को सोमवार मंडे दिन पड़ेगा गोवर्धन पूजा रहेगी और अमावस्या देखिए अश्विन अमावस्या उनतीस अक्टूबर मंगलवार को जो है भैयाद्वी और विश्वकर्मा जी की जयंती भी रहेगी तो चलिए दर्शको अब हम आप लोगों को प्रयोग बताते हैं वो प्रयोग आपको करना कब रहेगा तो ये आपको देखिए दर्शको पच्चीस अक्टूबर को करना रहेगा धनतेरस का दिन रहेगा शुक्रवार दिन रहेगा और इस प्रयोग को सफल ये प्रयोग आपका कब होगा ये प्रयोग आपका सफल होगा 27 अक्टूबर को रात में करना क्या रहेगा एक सफ़ेद वस्त्र लीजिएगा आप लोग और केसर से उस पर आप लोग श्रीम लिखिएगा एक सफ़ेद वस्त्र लेना है केसर घोल लीजिएगा और केसर से ही आपको उस पर श्रीम लिखना है अब उस वस्त्र में आपको एक सिक्का रखना है चांदी का चांदी का सिक्का लेना है और उस पर मौली अर्थात कला कलावा को लपेट लपेटना है पूरा वो सिक्का आपका ढक जाए और उस पर थोड़ा सा आप इत्र लगाइएगा उसको आप लोग उस जिस पर आप लोग श्रीम लिखेंगे उस पर रखिएगा अब आपको करना क्या रहेगा तो नौ कमल गट्टे जो संख्या हम जिस राशि के लोगों को बताएंगे वही रखेंगे नौकमल गट्टे के जो बीज होते हैं दाने होते हैं वो आपको रखना है दूसरा आपको नौ इलायची रखनी है नौ फूलदार लौंग रखना है अगेन नौ कमलगट्टे नौ फूलदार लौंग नौ इलायची और सात गोमती चक्र गोमती चक्र सात ही रहेगा उसको उसमें रखना है और रखने के उपरांत दर्शकों आपको करना क्या रहेगा उस पोटली को आपको बांध देना है धनतेरस वाले दिन और जहाँ पर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहीं पर उस पोटली को सामने रखिए एक दीपक जलाइए देसी घी का गाय का देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसके बाद आपको श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त और कनक धरा स्त्रोत का पाठ दीपावली वाले दिन तक की करना रहेगा धनतेरस से स्टार्ट करना है और इसके बाद जब आप लक्ष्मी पूजन करिएगा उस पोटली को वहीं रखे रहने दीजिए का पूजन करिए पूजन के उपरांत उस पोटली को उठाइए और धन जहां पर आप लोग संचय करते हैं जहां पर एकत्र करते हैं वहां पर उसको आपको रखना रहेगा और प्रतिदिन उसको धूप दीप नैवेद्य वगैरह दिखाना रहेगा ये प्रयोग इतना सफल रहेगा आपके लिए कि पूरे वर्ष कर्क राशि के जातकों को आपके जो है माँ लक्ष्मी कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होने देंगी तो चलिए दर्शकों ये तो था हमारा दीपावली से जुड़ा हुआ दिव्य प्रयोग अब बढ़ते हैं राशिफल पर कि अक्टूबर माह का राशिफल क्या कुछ ले करके आया है तो दर्शकों आप लोग जो है देखिए अपने स्क्रीन पर देख लीजिए बगल में कि ग्रहीय गोचर व्यवस्था क्या कहती है सूर्य और मंगल पराक्रम के घर में कन्या राशि में बैठे हुए हैं बुद्ध और शुक्र सात नंबर में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं गुरु पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में शनि और केतु ये धनु राशि में बैठे हैं राहू आपके जो बैठे हैं ये ट्वेल्थ हाउस में मिथुन राशि में खर्च के स्थान पर बैठे हुए हैं तो चंद्रमा को भी इसमें हमने मानक माना है इसी के आधार पर संपूर्ण माह का ये हमने राशिफल तैयार किया है दर्शकों होगा क्या इस माह तो देखिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है एक से लेकर के छः अक्टूबर तक की घर के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे आपका कुछ मतभेद हो सकता है चाहे आपकी नानी हो चाहे आपकी दादी हो या आंटी हो उनसे आपका मतभेद होगा आपका कुछ आर्थिक संतुलन डगमगाता हुआ दिखेगा पैसा आएगा लेकिन खर्च अधिक होगा बिकॉज ऑफ राहुल 12000 में बैठे हुए ट्वेल्थ हाउस जो होता है ये खर्च का होता है धनागमन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी भूमि भवन के कार्यों में इस दौरान असफलता मिलेगी तथा स्थायी संपत्ति का क्षय होगा उच्च पदस्थ व्यक्तियों विद्वान जनों तथा भद्र पुरुषों से आपके वैचारिक मतभेद होंगे पारिवारिक जीवन अस्तव्यस्त होगा वही दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि 7 तारीख के बाद से स्थिति आपकी चेंज होगी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा सुख वैभव तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी क्यों होगी देखिए जो फोर्थ हाउस होता है ये लग्जूरियस लाइफ का होता है का लक्ष्मी नारायण रिलेटेड चीजों के प्रति आपका रुझान होगा किसी वाहन वगैरह की आप बुकिंग करवा सकते हैं फिर आप धनतेरस उसकी डिलीवरी ले सकते हैं और आपके स्वभाव में कुछ जिद आएगी कुछ अहम आएगा कुछ ईगो आएगा जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा सहकर्मियों मित्रों तथा परिवारजनों के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी गुस्सा आपके नाक पे बैठा रहेगा सूर्य मंगल का जो पराक्रम योग बन रहा है किसी के सामने आप घुटने नहीं टेकेंगे इसमें मानसिक तथा शारीरिक कष्टों का आपके निवारण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कार्यक्षेत्र में कुछ यहाँ पर बाधा आती हुई दिखाई दे रही है राहु शनि के साथ माफ करिएगा शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं और पंचम दृष्टि कार्यक्षेत्र पर दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बाधा आती हुई दिखाई दे रही है भूसंपत्ति संबंधी विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी जमीन क्रय करने में यदि किसी प्रकार की बाधाएं आ रही थी इधर तो इस माह समाप्त होती हुई दिखाई पड़ेगी कोई नई प्लॉट कोई नई प्रॉपर्टी कोई नया फ्लैट कोई नया घर आप क्रय कर सकते हैं तो कर्क राशि के जातकों बिल्कुल खुश हो जाइए आप लोग प्रसन्न रहिए ये माह जो रहेगा काफी कुछ लेकर के आया है वही दर्शक को बताना चाहेंगे कि सत्रह तारीख के बाद से सूर्य नीच के हो जा, होने जा रहे हैं इनका नीच भंग भी होगा लेकिन जब फोर्थ हाउस में सूर्य नीच के हो जाएंगे हो जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा अन्यथा कोई दिक्कत भी आपको आ सकती है मानसिक तथा कुछ शारीरिक कष्ट आपको होगा कार्य क्षेत्र पर उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा सूर्य भले यहाँ पर नीच के हो रहे हैं राशि में सूर्य सूर्य नीच के होते हैं नंबर देखिए है। पर जहाँ पर आएंगे 17 को लेकिन तो कर खत्म करेंगे अपनी उच्चगत राशि को देखेंगे तो उच्चाधिकारियों को उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा घर परिवार से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ सकता है जीवन साथी तथा संतान से आपके मतभेद होंगे कुछ मानसिक कष्ट आपको होगा हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको हो सकती है लेकिन इस दौरान योजनाओं के अनुरूप कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी प्रेम प्रकरण में कुछ समय के लिए असफलता हाथ लगेगी लेकिन दर्शकों 22 तारीख के बाद से और अक्टूबर के अंत तक आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी विभिन्न स्रोतों से आय के अच्छे स्रोत बनेंगे लेकिन इनकम आपकी आएगी खर्च आपके बहुत अधिक रहेंगे तो आर्थिक स्थिति सबल रहेगी आपके विरोधी पस्त होते हुए नजर आएंगे मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा राजसी भोजन तथा भोग बिलास की वस्तुओं में रुचि होगी किसी नए प्रेम संबंध को इस माह आप लोग जन्म दे सकते हैं प्रेमी युगलों में प्रगाड़ता बढ़ेगी यदि आप कोई इंटरनल एग्जाम देने जा रहे हैं चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में है विभागीय परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त होगी संतान प्राप्ति का योग इस माह बना हुआ है एक बात और बता दें दर्शकों जो बुद्ध है ये वह भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में रहेगा तो परिणाम स्वरूप माता के साथ संबंध में कुछ तनाव हो सकता है घर में रेनोवेशन या घर में परिवर्तन हो सकता है कर्क राशि वाले जो जातक रहेंगे इस माह कारोबार में कुछ कमी आ सकती है धन लाभ साधारण रहेगा अतः आपको विशेष खर्च योजना ना बनाए तो बेहतर रहेगा परिवार में देखिए मनमुटाव कुछ संभव है और एक चीज़ हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है एलिगेशन आप समझ रहे हैं ना कोई एलिगेशन आपके ऊपर लग सकता है लेकिन अंत में इनसे आप बाहर निकलेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको क्रोध आएगा गुस्सा आएगा तो इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है व्यर्थ की यात्राएं रहेंगी व्यर्थ की भागदौड़ भरी दिनचर्या यहां पर रहेगी एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों मंगल अष्टम दृष्टि से कार्यक्षेत्र को देख रहा है तो आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है सपोज आप कोई गस्टेड अफसर तो आपके चार्ज में इजाफा होता हुआ नजर आएगा तो ये तो था देखिए हमारा राशिफल कर्क राशि के जातकों का अब चलते हैं आपके लिए इस माह सबसे ज़्यादा लकी कलर क्या रहेगा तो आपके लिए वाइट कलर सर्वथा शुभ रहेगा आपके लिए पिंक कलर सर्वथा शुभ रहेगा आपके लिए येलो कलर सर्वथा शुभ रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो भाग्यस बनते हैं येलो कलर जुपिटर इनका कलर येलो है आपके लिए जो भाग्यशाली अंक रहेगा तो वो रहेगा चार अनुकूल दिशा जो रहेगी ये दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगी इस माह की कुछ शुभ तिथियां हैं आपको बता देते हैं आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल के रिमाइंडर में लगा सकते हैं तो अनुकूल तिथियां आप लोग नोट कर लीजिए छः तारीख आठ तारीख दस तारीख ग्यारह तारीख बारह तारीख चौदह तारीख पच्चीस तारीख सत्ताईस तारीख अट्ठाईस तारीख इकत्तीस तारीख ये शुभ तिथियाँ हैं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो दो चार नौ सोलह उन्नीस इक्कीस तेईस ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे इनमें आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है उपाय अब क्या करना है इस माह को प्रभावी बनाने के लिए तो कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन सुंदर कांड का पाठ करिए और महीने में दो शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दान ये आपको किसी गरीब को करना रहेगा दुर्गा सप्तशती के केलक कवच अर्गला अर सिद्ध कुंजिका का पाठ आप लोगों को नित्य करना रहेगा। शाम के समय आप अपनी पत्नी से कह दीजिए या आप महिला तो आप महिला हैं तो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तिल के तेल का दीपक जरूर आप लोगों को जलाना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध में काला तिल डालकर के रुद्राष्टक के मंत्र से नमामि शमी निर्वाण रूपम ये जो मंत्र है इससे आप लोग अभिषेक जरूर करिए तो ये तो था दर्शकों ओवरऑल कर्क राशिफल अक्टूबर माह कैसा रहेगा उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये राशिफल है ये आपको पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक कीजिए कम से कम 2000 लाइक तो आने चाहिए दर्शकों हमारे चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और वार्षिक राशिफल भी हम आप लोगों का डाल दिए हैं वार्षिक राशिफल 2020 हजार कर बीस कर्क राशि के जात को आप लोग जा करके दे, देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार